अब अब टेबल टेबल हमने हमने हाँ पे पे बना लिया है है है से उठा के पिक करके ऊपर हाँ नीचे रख दिया है। मेरा टेबल बन गया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? इसको करना इसको फॉर्मेट क्योंकि मैं रिपोर्ट को फॉर्मेट करना चाहता हूं तो इसमें दो चीजें हैं कभी कभी क्या होता है कि हम पेवर टेबल बनाने के बाद उसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं और नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस केस में जो आप नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरीके से आप कर सकते हो बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हो लेकिन क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है जो उसको जो रिपोर्ट बनती है प्यवर से उसको हमें एज ए प्यवरट ही करना होता है तो इस केस में अगर नॉर्मल फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाती है मतलब कि चेंज हो जाती है क्योंकि वो फॉर्मेट फौमे, नॉर्मल फॉर्मेटिंग पिब का पार्ट नहीं होता है तो ऐसे केसेस में हम बात करेंगे कि पिवर टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक डिजाइन का टैब दिखता है इस डिजाइन के टैब पे जाएं और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन्स दिखेंगे पिब टेबल के अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन ला सकते हैं ये आपका पिवर टेबल हो जाएगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पिवट टेबल अगर आपको रिपोर्ट एज ए प्यवर टेबल ही रखना है तो डिजाइन से आप जो है पिवट टेबल स्टाइल को चूज करें ठीक है जमना जी यस hmm. yes.